नमस्कार दोस्तों इंडियन कल्चर में आपका स्वागत है आज भगवान शिव के बारे में जानते हैं भगवान शिव को आदि देव माना जाता है शिव जी हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं हिंदू मान्यता अनुसार भगवान शिव संहार करने वाले माने जाते हैं जो इस संसार में आता है उसे जाना ही होता है और भगवान शिव इसी कार्य के कर्ता मानने जाते हैं भगवान शिव जी के विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पुराण में दी गई है हिंदू धर्म में शिव जी को मानने वाले भक्तों के संप्रदाय परिवार के बारे में जानते हैं। भगवान पुराण के अनुसार भगवान शिव के दो विवाह हुए दोनों ही बार उनका विवाह भगवती के अवतारों में से हुआ पहला राजा दज की पुत्री सती के साथ और दूसरा हिमालय पुत्री देवी पार्वती के साथ शिव जी के दो पुत्र माने गए हैं कार्तिकेय भगवान गणेश धन्यवाद आगे हम शिव जी के प्रिय वस्तुओं और उनके अवतारों के बारे में जानेंगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब